एक बार एक लड़का था एक दिन अचानक उसे लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई उसे लगा कि उसका अंत समय नज़दीक आ गया है उस लड़की ने सोचा कि मरने से पहले अपनी माशुका को सूचित कर दो इसीलिए उसने अपनी प्रेमिका को मरने से पाँच मिनट पहले मैसेज किया उस मैसेज में लिखा था मैं जा रहा हूँ जल्द जवाब दो उसी प्रेमिका ने मैसेज पढ़ा और वापस मैसेज भेजा जिसमें लिखा था तुम कहाँ जा रहे हो अच्छा ऐसा करो जहाँ भी जा रहे हो जाओ अभी मेरे ब्याज तुम बाद में बात करते हैं यह मैसेज पढ़कर वह बहुत दुखी हुआ और फिर उसने दूसरा मैसेज अपने दोस्त को भेजा उस मैसेज में भी वही शब्द लिखे थे मैं जा रहा हूँ जल्दी जवाब दो दोस्त ने तुरंत मैसेज वापस भेजा जिसमें लिखा था अभी कमीने अकेला कहाँ जा रहा है तो रुक मैं अभी आता हूँ यह पढ़कर कर वो लड़का मुस्कराया और बोला आज फिर दोस्ती प्यार से जीत गई